हेलो फ्रेंड कैसे हैं हो आप अच्छे होंगे तो हमेशा एक तरह आज मैं कंटेंट और लेकर के आया हूं जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जो ये MDM डी एम लॉक और के जी लॉक जो होता है मैं उसके बारे में डिटेल करने वाला हूं और उसके बारे में अनलॉकिंग के बारे में प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ तो वीडियो को लास्ट तक देखिए अगर आपको पता है तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं नहीं तो वीडियो को लास्ट टीम तक आप जरूर देखिएगा मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप कर सकते हो बिना ई जी बिना यूफाई यू के भी आप बहुत ईजी तरीके से कर सकते हो नहीं तो आपको फाइनल आपको यूजी जैट

है से ही इसके लॉक को अनलॉक करना पड़ेगा? चलिए जो अपडेट है मैं आपको अपडेट करके बता दे रहा हूं। okay. सारी सारी चीजें चीजें मैं मैं आपको आपको पे पे पे बताने वाला हूं। MDM और लॉक लॉक के के बारे में। के बारे में में दिखाने वाला हूँ तो उसके लिए को तक आप जरूर देखिएगा

और अगर आप तो हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए स्मार्ट टेलीकॉम को और बेल आइकन दबा लीजिए जिससे हमारे नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे तो हम बात कर लें आपको जैसे इस टाइप के जो लॉक्स होते हैं केजी लॉक और एमडीएम लॉक ये सारी चीज़ें आपको मैं यहाँ पे दिखाने की बात करूँ और यहाँ पर जो बात करूँ तो इस टाइप के जो लॉग्स होते हैं इनको अनलॉक करने के लिए जो प्रोसीजर है वो आपको हम यहाँ पर बताने वाले हैं सारी चीज़ें तो चलिए

वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड आपको करना कैसे है सारा प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में डिटेल देने वाला हूं और आपको इंग्लिश सोल्यूशन भी दूंगा कि आप इसमें कैसे कर सकते हो तो आ, मैं आपको यहां पे बताया था कि आ, कोई भी टूल यूज नहीं करूंगा और बाकी मैं यूएमटी का भी आपको बता दूंगा यूएमटी की भी फाइलें आती है आप उसे उससे फ्लैश कर देंगे तो आपका एम लॉक और के लॉक भी रिमूव हो जाएगा बट यहाँ पे अनलॉक टूल में कोई भी फाइल की जरूरत नहीं है फ्रेंड मैं आपको बता दूँ यहाँ पे

उसको मैं थोड़ा सा कर लेता हूँ छोटा कर लेता हूँ या तो ये बड़ा हो गया इसको मैं कर लेता तो यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहा होगा टूल दिखाई दे रहा होगा टूल, ये टूल बता दू फ्रेंड की हमारा अनलॉक टूल है आप जैसा कि देख पा रहे हो ये अनलॉक टूल उसको अगर छोटे करने की कोशिश की जाए तो थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ ये देखिए तो चलिए

अभी आपको दिखा दे रहा हूँ तो ये हमारा अनलॉक टूल है जो कि अभी बहुत अच्छा टूल चल रहा है ट्रेंडिंग में टूल चल रहा है आप इसमें इसके बारे में मैंने वीडियो बनाई हुई है आप उसमें जाकर के फुल डिटेल देख सकते हो कि कैसे इसे यूज करना है क्या सारा कुछ इंटरफेस होता है और जो इसके अपडेट आते रहेंगे मैं आपको इस टूल के बारे में अपडेट भी देता रहूँगा फिलहाल मेरा आज इस टूल के बारे में अपडेट नहीं है ये जो के लॉक है उसके बारे में कैसे हम इसे अनलॉक करते हैं उसके बारे में ये फुल डिटेल लंबी वीडियो में दे रहे हैं तो ये जो देख सकते हैं आप यहाँ पे जो टूल है हमारा सारा इंटरफेस को सपोर्ट

करता है हो हाँ पे एक ही में आपको चीजें देखने को मिल जाती है। तो चलिए हम पे केजी लॉक की बात करते हैं तो सैमसंग का जो फोन होता है सैमसंग में जो लगते हैं केजी लॉक उसको हम कैसे अनलॉक करते हैं बहुत इजी तरीके से क्योंकि सैमसंग में जो लॉक हो वो जाहिर सी बात है मीडिया टीपी से रिलेटेड हम यहाँ पे काम करेंगे

तो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे मीडिया टेक का टैब यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ पे सैमसंग यहाँ पे सैमसंग का भी टैब है बहुत सारा टैब यहाँ पे दिया हुआ है सैमसंग के सिक्योरिटी ओडीन और सारा चीज़ यहाँ पे सिक्योरिटी पैज यहाँ पे फंक्शंस सारे दिए हुए हैं बट हमें यहाँ पर करना है यहाँ पे एंड्रॉइड और यहाँ पे जाना है में जाना है आपको एम में जाना है एम में जाने के बाद फ्रेंड इसीलिए मैं एकदम डीप के साथ और बहुत ही आराम से मैं ये डिटेल आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये देख सकते हैं एम टी जाने के बाद आपको सबसे पहले उसको ये थोड़ा सा मुझे बड़ा करना होगा

थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर लेता ये देखिए इंटरफेस

यहाँ पे आपको इंटरफेस दिखाई दे जाएगा ये देखिए तो ये जो सबसे पहला आपको क्या करना है अनलॉक टूल खोलना है फिर उसके बाद आपको मेरा टेक में जाना है मेरा टेक में जाने के बाद फ्रेंड्स आपको करना क्या है यहाँ पे आप देख रहे हैं मेरा टेक में आपको तीन टैब फ्लैश मेटा और एम टी यूनिवर्सल का टैप दिखाई दे रहा है पहला टैब है फ्लैसिंग का दूसरा टैब है मेटा मोड पर जो भी मेटा मोड में आपको काम करना होता है सारा चीज इंटरफेस यहाँ पे दिखाई देगा उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है यूनिवर्सल आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा तो यहाँ पे आपको करना क्या है सबसे पहले यहाँ पे आपको जाना है

अनलॉक बी एल पे अनलॉक बूट लोडर इसको करना है यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे करना है यहाँ पे पी इसको करना है आपको सबसे पहले फ़ोन को कनेक्ट करना है प्रॉन्ड मोड में आपको कनेक्ट करना है फ़ोन को आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है सबसे पहले फ़ोन को सबसे पहला प्रोसीजर हमें यहाँ पे इसको कनेक्ट करना है आप जैसे वेटिंग फॉर डिवाइस आ गया तो यहाँ पर मीडा का फ़ोन है तो मेडा का फोन के लिए आपको कनेक्ट करना होगा कनेक्ट करने के लिए आपको

टूल बाईपास और टूल भी यूज़ कर सकते हैं नहीं तो ये डायरेक्ट भी आपका काम हो जाएगा टेस्ट पॉइंट से आपका काम हो सकता है या फिर वैल्यूम अपडाउन से काम हो सकता है वो सारी चीज़ें हर एक फ़ोन की कनेक्टिविटी अलग अलग होती है तो यहाँ पे आपको करना है सबसे पहले यहाँ पे अनलॉक कर देना है फ़ोन को अनलॉक करने के बाद यहाँ पे स्टॉप कर देता हूँ अनलॉक करने के बाद अब आपको सीधा और सीधा जाना है स्पेशल टास्क क्योंकि यहाँ पे जन जेनरिक और यहाँ पे स्पेशल दो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है

तो यहाँ पे स्पेशल में जाना है स्पेशल में जाने के बाद फ्रेंड आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रही होगी सैमसंग के जी यहाँ पर सैमसंग के और एम लॉक को बहुत ही ईजी तरीके से आप रिमूव कर सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से आप यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं इनकेस अगर वो मीडिया टेक् है कॉलकम सी है तो एम लॉक के लिए आप उसकी फाइल से एम एक फाइल कस्टमाइज फाइल से फ्लैश कर देंगे तो उसका एम लॉक

हट जाएगा बट अगर नहीं हटता है फ्रेंड तो आपको फिर यू और इजी जेटेक का यूज़ करना होगा जिसमें आपको उसको जो प्रोसीजर है वो सारी चीज़ें आपको करके उसकी एम का बैकअप ले करके बैकअप लेने के बाद उसकी आई पी करके उसमें फिर से उसमें राइड करना होगा उसमें फुल डम्प से फ्लैश करना होगा मतलब प्रोग्राम करना होगा तब जाके उसका के जी लॉकर एम डी लॉक रिमूव हो जाएगा बहुत ही ईजी तरीके से बट अगर आप नहीं चाहते हैं कि हमें आई या फिर एम को निकालना पड़े

तो आप ये टूल यूज कर सकते हैं मीडिया टेप और कॉलकम के लिए भी आप यूज कर सकते हैं तो हमें फिर से मैं एक रिमाइंड करा दे रहा हूँ फ्रेंड्स हमें क्या करना है मेरा जो ये आज का वीडियो था वो केजी लॉक के ऊपर था वो सारी चीजें मैंने यहाँ पे आप

कवर करने की कोशिश की है जैसे आप उसको अनलॉक uh, बी कर देंगे बोट लोटर कर देंगे उसके बाद आपको करना क्या है सीधा सिंपल और केजी जी पे क्लिक करना है और यहाँ पे कंप्लीट यहाँ पे कर देना है आपको जैसे आप उसको कर देंगे यहाँ पे वेटिंग फॉर यूएसबी अभी आएगा आपको थ्राइज और यहाँ पे देख सकते हैं वेटिंग फॉर यूज़ आपका यहाँ पे आ रहा है वेटिंग फॉर यूज़ करने के बाद आपका जो लॉक है वो अनलॉक हो जाएगा इन फ्यूचर मेरे पास अगर फोन आता है तो मैं इसका जरूर प्रैक्टिकल एक वीडियो दूंगा पर यह हंड्रेड काम करता है फ्रेंड आप यहाँ पे जाके

विनोटेक्सिपी से रिलेटेड सैमसंग के फ़ोनों में आप इसको जाकर के इजी तरीके से अनलॉक कर सकते हो सिंपल और सिंपल सा प्रोसेस है आपको सबसे पहले क्या करना है यहाँ पे जनरिक पे जाने के बाद आपको यहाँ पे जी आर एम बी को अनलॉक करना है अनलॉक करने के बाद आपको सीधा स्पेशल में जाना है और यहाँ पे आपको लिख कर देना है सैमसंग के उसके बाद आपको लॉक

या तो कंप्लीट यहाँ पे दोनों पे आप कर देंगे यहाँ तो पे देखिए लिखा हुआ है लॉक में अगर आप करते हैं तो यहाँ पे आपको स्टार्ट केजी लॉक स्टेटस यहाँ पे और कंप्लीट में आपको यहाँ पे केजी लॉक का स्टेटस भी सारा क्लीन हो जाएगा यहाँ पे एमडीएम लॉक और यहाँ पे दोनों ही चीज़ हो जाएगा सारी चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं तो यहाँ पर आपको कंप्लीट कर देना है जिसमें आपका के uh, लॉक है वो अनलॉक हो जाएगा बहुत ईजी तरीके से ये देख सकते हैं

ये बहुत ही इजी तरीके से आप यहाँ पे प्रोसेस कर सकते हो ये अनलॉक टूल और बाकी अनलॉक टूल के बारे में और ज़्यादा आपको डिटेल चाहिए फुल डीपली में आपको नॉलेज चाहिए

तब आपको क्या करना है फ्रेंड आप अपने कमेंट करके बताइए कि इस इंटरफेस का इस इंटरफेस का हमें एक पार्टिकुलर वीडियो और चाहिए और इसके डिपली के बारे में डिपली नॉलेज के बारे में चाहिए तो आप हमारा एसी टेलीकॉम ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आपको परफेक्ट हर एक टैब का एम चाहे वो कोई भी हो चाहे जिस भी हम अपने ऐसे टेलीकॉम में यहाँ पर पढ़ाते हैं उस सारा यहाँ पर इंटरफेस को प्रैक्टिकल तरीके से आपको समझाते हैं क्योंकि जब तक आपको प्रैक्टिकल नहीं मिलेगा तब तक आप कुछ भी काम नहीं कर सकते

फ्रेंड क्योंकि आपको कितना भी अच्छा हम यहाँ पे गाइड कर दें बट आप देख करके समझ सकते हो पर आपको एक चाहिए, एक चाहिए, तो आप को बाकी जितना हो सकता है मैं यहाँ पे करने की फुल कोशिश कर रहा हूँ आपको तो छोटा सा फिर से जैसा हाईलाइट करता हूँ तो आपको फटाक से हाईलाइट कर देता हूँ आपको सीधा अनलॉक टूल खोलना है आपको एम में जाना है आपको एम यूनिवर्सल में जाना है

फिर जेनरिक में जाने के बाद आपको यहाँ पे अनलॉक बी करना है उसके बाद आपको सिंपल स्पेशल में जा करके के यहाँ पे केजी लॉक पे क्लिक कर देना है तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो केजी लॉक के बारे में तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा आइकन को दबाइएगा जिससे हमारे नए नोटिफिकेशन ऐसे मिलते रहे हमेशा मैं, मैं आपके लिए ऐसे ऐसे कंटेंट लेकर आता रहूँगा तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा तो समझ में आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर थैंक यू सो मच मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो